स्वागत तो करते हैं, हैं हमारे वीडियो में तो बस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो चैप्टर तो है, वो मूवी कैसे फ्री में एकदम एचडी डी में कैसे देख सकते हो डाउनलोड कर सकते हो। एकदम फ्री में एचडी डी पर्ल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं काफी सिंपल बहुत ही आसान क्या क्या करना है आपको मैं इस वीडियो में आपका सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा ठीक है तो ये जो मूवी है काफी यार mm. का mm. तो कहीं भी नहीं मिलेगा ठीक है पहले आपको आ जाना है आपका कोई भी जो ब्राउजर है उसमें तो मेरे पास क्रोम है अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा सर्च करना है ए पी के आई जी डॉट कॉम पर सर्च कर दीजिए ठीक है, तो है देख सकते हो पहला वाला वेबसाइट मतलब हमारा खुल चुका है वो वेबसाइट ठीक है थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो पहला वाला पोस्ट देख सकते हो ये वाला जो पोस्ट है एकदम से ये वाला पोस्ट ठीक है इस वाले पोस्ट पे आपको क्लिक क्लिक कर कर देना है है है है मैं भी चुका चुका लोडिंग लोडिंग पर एक सेकंड रहा अभी लोड हो आपको ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल स्क्रॉल करते करते एकदम से स्क्रॉल करते एकदम से एकदम से बहुत ज़्यादा करते ना, ठीक है, है। का जाना, जाना, जाना। और यहां पर आपको एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा ठीक है एक ब्लू कलर का डाउनलोड लिंक दिख रहा होगा डाउनलोड कीजिए ना क्लिक कर देना यहाँ पर देखो ये इसमें लोडिंग ले रहा है थोड़ा तो सा आप इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हो ठीक है ऑनलाइन में भी देख सकते हो उसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट है पर आपको डाउनलोड का बटन दिखा इसमें आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर गूगल ड्राइव स्कैन स्कैन दिस फाइल पर वायरस है थीगे? तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा करके डाउनलोड बटन लिखा होगा डाउनलोड लेने डाउनलोड लेनी हुए फिर आपको डाउनलोड यहाँ पर आपको डाउनलोड क्लिक कर देना है डाउनलोड कर देना आपको यहाँ पर डिटेल्स क्लिक कर देना है तो। देख सकते ये फाइल हमारे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका तो ये फाइल आपको डाउनलोड होने के बाद ही देखने को मिलेगा तो गाइस मैं इसको अभी जो है पॉज कर देता हूं क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है देखो मैं अपने चैनल पे दिखा देता हूं आपको सेक्शन देखो मैं अपने 500 पर पुल कर देता हूं डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो केजी 32 आ चुका है देखो गूगल रेडबड कॉम्पटे है उसका साइज कितना था 869 इसका देखो 869 मैं आपको दिखाता हूं अभी देखो एट सिक्स था और यहाँ पर भी जो है 869 सिक्स भी तो मैं आपको थोड़ा सा चला कर दिखाता हूँ आपको चला कर दिखा देता हूँ लोगों को समंदर के तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है नकाब पहन के घूम रहे हो तो गए देख सकते हो काफी ज्यादा चमकता धमकम हुई है देख सकते हो तो फ्री में आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में